गाइज ये जो आप लोग एयरफोन एयरबड्स लगा कर दिन रात बेबी सोना या बेबी को बेस पसंद है जैसे गाना सुनते हैं ना तो जरा आप लोग सतर्क हो जाइएगा क्योंकि गाइज इसी की वजह से दुनिया में करोड़ों लोग बाहरे होने के कगार पर है गाइज कंपनियां तो हम लोगों को बता दे है कि अच्छा बेस के साथ साथ डॉलबी साउंड और हम लोग खरीद भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं गाइज आपको जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में दो करोड़ से ज्यादा टीनेज और यंग लोग इसी की वजह से सुनने की शक्ति को खो चुके हैं गाइज आपको इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज सपोर्ट मिलते हैं अगले वीडियो में